हेलो गाइज माय स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के सर्वकल्पकवाद के बारे में जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के दिव्य सर्वकल्पकवाद के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं सर्वकल्पकवाद के पूरे फायदे डिटेल में बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो आप वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहे हैं उसे आप प्रेस करके पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाने के बाद में ओल नोटिफिकेशन को सेव आप जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों इस वीडियो में मैंने छः सर्वकल्पकवाते हैं इसका गिव अवे रखा है मतलब मैं आप में से छः लोगों को ये जो सर्वकल्पकवाते बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ तो दोस्तों इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना है जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके बेल आइकोन दबा के ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव करना है और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग चेक कर लीजिए आपने बेल आइकोन दबाया है या नहीं दबाया है और ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव किया है या नहीं किया है अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए इस वीडियो को एक आपको लाइक करना है <kuh> इस वीडियो का लिंक कॉपी करके आपको व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे केवल एक दिन के लिए लगाना है और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसको शेयर करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है या आप जो भी राय आपकी रखना चाहते हैं प्लीज कमेंट जरूर करना है अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते तो मैं आपको ये जो छः सर्वकल्प को ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आपको अगर ये सर्वकल्प क्वाच चाहिए या फिर आप आपकी किसी भी बीमारी को लेके मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन लगा के आपकी जो भी बीमारी है उसकी आपको कंसल्टेंसी भी दूँगा मतलब आपकी मदद भी करूँगा और आपको जो भी दवाई चाहिए वो मैं आपके घर तक आपको कुरियर के द्वारा पहुँचा दूँगा दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में डिटेल में मैं आपको जो है बताऊंगा <laughs> दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य सर्वकल्पकवाद ठीक है तो ये दिव्य लिखा है तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा आप दिव्य लिखा है मतलब ये पतंजलि का ही है पतंजलि की जो दवाइयाँ बनती है वो दिव्य फार्मेसी में बनती है और जो पतंजलि के खाने पीने का सामान बनता है वो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में बनता है तो ये दवाई है इसलिए इसके ऊपर दिव्य लिखा हुआ है दोस्तों दिव्य सर्वकल्पवाद हंड्रेड ग्राम का ही आता है मतलब सौ ग्राम का आता है भारत में बना हुआ है इसको ठंडी जगह पे सूखी जगह पे रखना है और एयरटाइट कंटेनर में इसको रखना है मतलब इसमें नमी नहीं जानी चाहिए पीछे की साइड दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं <coughs> देखिए दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लियर देखिएगा कि यहाँ पर अलग स्पेशल लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन इधर भी लिखा है आयुर्वेदिक प्रोपायटरी मेडिसिन मतलब ये दवाई है और इस दवाई को आपको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको किसी चिकित्सक मार्ग के मार्गदर्शन के अनुसार ही इसको लेना है किसी के सलाह से ही इसको लेना है अपने मन से इसको नहीं लेना है ठीक है जो इसीलिए लिए यहाँ पर स्पेशल दो बार लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक प्रोपाइटरी मेडिसिन और अगर आप इसको लेने का तरीका जानना चाहते हैं या फिर आपकी बीमारी के अनुसार इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन पर सारी डिटेल आपकी बॉडी प्रॉब्लम को समझ के बता दूँगा दोस्तों अब बात करते हैं कंपोजिशनों और पतंजलि दिव्य सर्वकल्पवाद मतलब पतंजलि सर्वकल्प सर्वकल्पकवाद किन चीजों से मिलकर बनाए दोस्तों इसके अंदर है पुनर्नवा भूमियांवला और मकोई दोस्तों ये जो पुनर्नवा है इसके अंदर ये बहुत ही प्यारी औषधि है जो कि आपके शरीर से हजारों बीमारियों को जो है खत्म करने की क्षमता रखती है और इसके बाद में ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं तीन चीज़ों का देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं केवल तीन चीज़ें हैं और ये तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन अकेला आपकी बॉडी में लगभग लगभग 1000 से ज़्यादा बीमारियों को ख़त्म करता है हालांकि मैं अभी डिटेल में आपको बताऊँगा कि किन किन बीमारी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं देखिए यहाँ पे डोज एंड मेथड ऑफ़ यूज़ लिखा है मतलब सर्वकल्पवाद को, को कैसे उपयोग करें तो दोस्तों ये मैं आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे उपयोग करना है क्योंकि दोस्तों सभी व्यक्ति की बीमारी अलग अलग हो सकती है सभी की बॉडी कंडीशन अलग अलग हो सकती है तो इसलिए आप जब मेरी कंसल्टेंसी लेंगे आप मुझे जब कॉल करेंगे तो मैं आपको आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग इसका बता दूँगा इसका सेवन कैसे करना है इंडिकेशन यूजफुल इन लीवर एंड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर मतलब ये आपके लीवर की प्रॉब्लम में और गैस की प्रॉब्लम में आपको काम आएगा 100 ग्राम का पैकिंग आता है और ये 30 रुपए का आता है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 रुपए का दोस्तों ये आता है 100 ग्राम का पैकिंग आता है और 30 रुपए दोस्तों पहले यह पच्चीस रुपये का आता था अब एक आध महीने से इसमें जो है तीस रुपये हो गया है क्योंकि दोस्तों इसके पहले लगभग कम से कम दस सालों से पच्चीस रुपये में ही अवेलेबल था अभी दोस्तों इसके ऊपर इतना ही लिखा हुआ है अभी मैं आपको उसकी डिटेल में जानकारी देता हूं कि ये कैसे कैसे और किन किन बीमारी में आपको काम आएगा दोस्तों ये जो सर्वकल्पकवा थे आपकी बॉडी से लगभग लगभग सभी बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखता है जैसा कि इसका नाम है सर्वकल्प मतलब सर्व मतलब सभी ठीक है कल्प मतलब उसको कल्पित करना नया करना अच्छा करना ठीक है तो सर्वकल्प मतलब सभी बीमारी को अच्छा करने वाला क्वात सर्वकल्प क्वात ठीक है तो ये आपकी बीमारी से लगभग सभी बीमारियों में सॉरी आपकी बॉडी में लगभग सभी बीमारियों में काम आता है दोस्तों ये जो सर्वकल्पकवाते है मेनली आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो इसके अंदर पुनर्नवा मिला हुआ है दोस्तों ये जो पुनर्नवा आप देख रहे हैं इसके अंदर मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ ये जो आप इसमें पुनर्नवा देख रहे हैं दोस्तों ये पुनर्नवा बहुत ही प्यारी औषधि होती है लीवर के लिए तो लीवर के लिए दोस्तों ये बहुत ही रामबन औषधि है आपके लीवर से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप पतंजलि सर्वकल्पाद का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं ये आपके लीवर से संबंधित सभी बीमारी को ख़त्म करती है दोस्तों जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या है तो फैटी लीवर में भी दोस्तों सर्वकल्पकवात का अगर आप सेवन करेंगे तो आपका फैटी लीवर जो है ठीक होने लगता है जिन लोगों को ज़्यादा एल्कोहल पीने की वजह से या ज़्यादा दारू पीने की वजह से ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से जिन लोगों का लीवर कमज़ोर हो गया है तो ऐसे लोग भी अगर सर्वकल्पकवात का अगर सेवन करते हैं तो उनका लीवर दोबारा से ठीक होने लगता है दोबारा से मजबूत होने लगता है हालांकि इसके लिए कम्प्लीट डोजेस होते हैं जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या जिन लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है देखिए मैं यहां पर दोनों चीजें बात कर रहा हूं दोस्तों जिन लोगों को भूख या तो नहीं लगती है या फिर जिन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है या जिन लोगों को बहुत कम लगती है ठीक है तो ऐसे में अगर आप सर्वकल्प सर्वकल्पकवाद का सेवन करते हैं तो आपकी भूख एक नॉर्मल लेवल में आ जाती है जिन लोगों को कम लगती है उनकी बढ़ जाएगी जिनको बहुत ज़्यादा लगती है उनकी कम हो जाएगी मतलब सर्वकल्पकवाद आपकी भूख को एक नॉर्मल लेवल में लेके आ जाता है जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से गैस की प्रॉब्लम में गैस्ट्रिक डिसऑर्डर से ठीक है बॉडी में पेट में गैस बनती है और गैस के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ऐसे में भी अगर आप सर्वकल्प पकवाद का सेवन करेंगे तो आपको गैस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनने की वजह से बॉडी में अकड़न रहती है हाथ पैरों में दर्द रहता है सर दर्द होने लगता है मांसपेशियां खिंचाने लगती है इस प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में भी आप सर्वकल्प सर्वकल्पिकवाद का सेवन कर सकते हैं दोस्तों हालांकि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गैस एसिडिटी कब्ज़ वगैरह तो दोस्तों इसके लिए आप उदर पंचामृत जूस लीजिएगा वो बहुत ही बढ़िया जूस है और उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर डाल रखा है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा तो आप उसे जो है लीजिएगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं सर्वकल्पकवा की आप इसके साथ उसको ले सकते हैं इसीलिए मैंने आपको उसके बारे में बताया तो कहाँ थे दोस्तों हम गैस के ऊपर थे तो गैस से जो आपकी बॉडी में अकड़न ऐठन या खिंचाव होता है दर्द होता है सर दर्द होता है है ना चक्कर आना इस टाइप की भी जो समस्याएं हो जाती होने लगती है तो उसमें भी आप सर्वकल पकवाद का सेवन कर सकते हैं जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायतें कब्जियत रहती है मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है कब्ज की शिकायत है तो ऐसे में भी आप पतंजलि सर्वकल्प सर्वकल्पकवाद का अगर सेवन करते हैं तो आपके पेट से कब्ज़ यानि कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होने लगता है और आपके पेट से कब्जियत जो है ख़त्म होने लगती है जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है ववासिर की प्रॉब्लम है अगर आपको पाइल्स हो गया है बवासिर हो गया है बगंदर हो गया है फिस्टूला हो गया है तो एसी कंडीशन में भी आप सर्वकल्पिकवाद का सेवन कर सकते हैं अगर आपको खूनी पाइल से या फिर बादी वाला पाइल से ठीक है यानी खुदी बवासीर या बादी वाला बवासीर, दोनों ही प्रकार के बवासीर में अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी बहुत ही ज़्यादा आपको जो है फायदा देखने को इसमें मिलेगा हालांकि जो उधर पंचामृण जूस है वो भी पाइल्स में काम आता है अगर आप पाइल्स की पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ में आप इसको ले सकते हैं जैसे आप अर्शकल्पट्टी हो गया या अभ्यिष्ट हो गया ऐसा कोई ले रहे हैं तो उसके साथ आप इसका सेवन बिल्कुल जो है कर सकते हैं तो पाइल्स में दोस्तों एक बहुत अच्छा जो है काम आता है जिन लोगों को डकारें आती बहुत ज़्यादा डकारें आती है किसी को खट्टी डकार आती है किसी को नॉर्मल आती है तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डकार आती है तो ऐसे लोग भी अगर सर्वकल्पकवाद का सेवन करेंगे तो आपकी डकारें आना बंद हो जाएगी जिन लोगों को आँतों में सूजन रहती है ठीक है इंटेस्टाइन में सूजन रहती है तो ऐसे लोग भी अगर सर्वकल्पकवाद का सेवन करेंगे तो आँतों की सूजन में ही आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है जिन लोगों के लीवर में भी सूजन आ गई है ठीक है लीवर में सूजन है तो ऐसे लोग भी अगर सर्वकल्पकवाद का सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा पीलिया के रोगों रोगियों के लिए सर्वकल्पकवात रामवान औषधि है मतलब अगर आपको पीलिया हो गया दोस्तों तो पीलिया में आप इस सर्वकल्पकवाद का अगर उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे चार से सात दिन के अंदर आपको आपका पीलिया जो है ख़त्म होने लगता है और बहुत ही अच्छा दोस्तों इसका रिजल्ट है और मैंने बहुत सारे लोगों पर मतलब यहाँ तक कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी ठीक है ऐसे लोगों पर भी इसका जो है उन लोगों को दवाई दी और उन लोगों का पीलिया ठीक किया है और यहाँ तक कि जो भी एलोपैथिक डॉक्टर थे वो लोग भी कि इतनी एज में आपका पीलिया कैसे ठीक हो गया, है ना वो सेवन करते हैं तो यह आपको बहुत ही होता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जिन लोगों को शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है ठीक है रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर कमी है तो ऐसे लोग भी आप इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है और आपकी बॉडी बाहर से होने वाले रोगों से आपकी बॉडी बचाव करती है ठीक है तो आपकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी सर्वकल्पकवाद बहुत ही उत्तम औषधि है दोस्तों जिन लोगों को मोटापा है जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे लोग भी अगर सर्वकल्प सर्वकल्पाद का सेवन करेंगे तो उनके शरीर से जो है मोटापा कम होने लगता है देखिए मोटापा दो प्रकार का होता है मोटापा दो प्रकार का किस टाइप से होता है वो मैं आपको बताता हूँ एक होता है फैट वाला मोटापा मतलब हार्ट फैट जो टोटली फैट होता है बॉडी में और एक होता है स्वेलिंग जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोटे तो हैं बट उनको स्वेलिंग जैसा दिखता है ठीक है मतलब मोटे हैं लेकिन चर्बी नहीं है लेकिन सूजन है वो सूजन के कारण उनका शरीर बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखता है फैटी दिखता है तो ऐसे लोगों जिनकी बॉडी पर सूजन के कारण मोटापा दिख रहा है मतलब सूजन आई हुई है तो ऐसे लोगों की बॉडी की सूजन जो है ख़त्म होती है जिन लोगों के पैरों में सूजन आ जाती है स्पेशली डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिन लोगों को डायबिटीज है डायबिटीज वालों को पैरों में सूजन आती है ठीक है तो जिन लोगों को सूजन की समस्या है जिन लोगों को सूजन आती है तो ऐसे लोग भी जो है पतंजलि दिव्य सर्वकल पकवाद का अगर सेवन करेंगे तो आपकी सूजन जो है वो खत्म होने लगती है शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो तो आप इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं आँतों में अगर कमजोरी है अगर दस्त आपके बंद के नहीं आते हैं लूज मोशन होते हैं तो ऐसे में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों ओवरऑल बता दूँ देखिए हमारी बॉडी में चार सिस्टम होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र एक्साक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र यानि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये चारों सिस्टम अगर स्वस्थ और संतुलित है तो हमारी बॉडी में दोस्तों कोई भी रोग नहीं होगा और इनमें से अगर कोई भी सिस्टम गड़बड़ाया तो हमारी बॉडी में रोग होने लगते हैं और ये जो सर्वकल्पक्वात है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करता है और अगर आप उधर पंचामृत जूस और सर्वकल्पक्वात ये दोनों दवाई अगर एक साथ लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके शरीर से बहुत सारी डाइजेशन प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है दूर होने लगती है तो दोस्तों उदर पंचामृत जूस और सर्वकल्पक्वात इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है हालाँकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक वीडियो में बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन में भी वीडियो जरूर बनाऊँगा अगर आप चाहते हैं दोनों का वीडियो बनाना तो आप कमेंट कीजिएगा हालांकि उधर पंचामृत जूस का मैंने पतंजलि का कॉलेज और आरआरआर रवि दोनों पे वीडियो मैंने उसका डाल दिखाया नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा दोस्तों लगभग लगभग मैंने आपको इस वीडियो में सारी जो है जानकारी वो सारी डिटेल सर्वकल्प बात की बता दी है और इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट है क्वेश्चन है कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं आपके कमेंट का दो से तीन घंटे में आंसर दे दूँगा और अगर आपको ये चाहिए या आप आपकी किसी भी बीमारी को लेकर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे गेवाबे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कर जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके ओल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए ताकि आने आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन दबाने के बाद में ओल नोटिफिकेशन को सेव किया है या नहीं किया है और इसके बाद में इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पर केवल एक दिन के लिए आपको लगाना है और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसको शेयर करना है अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको ये जो छः सर्वकल्प को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा ठीक है तो अगर आपको गेवअप में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर लीजिए दोस्तों हर बार की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार अगले वीडियो में दोस्तों जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम